हेलो दोस्तों मैं आज आप लोग को पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक कैसे करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा आपको क्रोम खोलना है उसके बाद ई फीलिंग आपको टाइप करना है जैसे कि मैं देख ही रहे हैं टाइप कर रहा हूं उसके बाद होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको क्लिक करना है फिर उसके बाद आपको लिंक आधार पे क्लिक करना है लोडिंग हो रहा है उसके बाद आपको स्टेप बाई स्टेप फिल करना है लिंक आधार यहाँ पेन नंबर आपको डालना पड़ेगा उसके बाद आधार नंबर आधार नंबर लिखने के बाद उसके बाद आधार में जो नाम लिखा हुआ आपका वही नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेम एस पर आधार नेम फिर उसका बाद मोबाइल नंबर अगर आधार कार्ड में ईयर लिखा हुआ तो ईयर में टिक कीजिएगा आई हैव ओनली ईयर ऑफ बोथ इन आधार कार्ड सॉरी बर्थ वहाँ ईयर करना है अगर मंथ सब लिखा है तो दोनों में टिक एक में टिक करना है नीचे वाला में खाली ईयर में है तो वो की? टिक करना है उसके बाद देखिए यहाँ पे लिंक आधार लिखा हुआ है मिडिल में बॉटम में फिर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपका पैन कार्ड लिंक हो जाएगा आधार से उसको आप चेक कैसे करना है वो चीज़ ये यह आपको यहाँ थर्ड नंबर में लिंक आधार स्टेटस आपको दिख रहा है थर्ड नंबर में उसमें आपको क्लिक करना है लोडिंग हो रहा है उसके बाद आपको पैन नंबर जो यहाँ पर लिखा हुआ है पैन नंबर आपको यहाँ पर डालना है इंटर द फ्लो डिटेल्स पैन नंबर उसके बाद सेकंड में आधार नंबर यहाँ पे आधार नंबर आपको भरना है उसके बाद बीच में दिख रहा है व्यू लिंक आधार स्टेटस उसमें क्लिक करना उससे आपसे पता चल जाएगा कि आपका आधार कार्ड लिंक है या नहीं है पैन कार्ड से और कोई भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट कर सकते हैं